किसी भी व्यक्ति को इतनी भी इजाजत मत दो कि वो आपकी मुस्कुराहट छीन ले कोशिश करें हमेशा मुस्कुराने की जब भी आपका मन अशांत हो बिना बात पर मुस्कुराएं। आप महसूस करेंगी कि आपके आधे टेंशन तो वैसे ही गायब हो जाएगी खुद को हंसता मुस्कुराता गुलाब का फूल बनाइए अगर आप अपना रोना रोते है काटों में ही उलझ कर रह जाएंगे वही अगर मुस्कुराने की आदत डाल लेंगे तो दूसरों के आंसू पोषण में भी सफल हो जाएंगे